वाह भाई साहब ये तो वॉकिंग करें भाई साहब ये बताइए आपको इस टाइम पार्क में क्या फीलिंग आ रही है अरे ना बहुत आपका स्वागत है आई होप दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे तो दोस्तों इवनिंग टाइम के बज रहे हैं पाँच बजकर उन्नीस मिनट और फिलहाल मैं जाऊँगा रामपुर का सबसे बड़ा पार्क जो कि अंबेडकर पार्क जो कि सड़क के किनारे है और वो भी मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ और मैं चला अपने रूम से रूम के नीचे और उसके से चले तो ब्लॉग कंटिन्यू करें लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस हम सीधे चले जाएंगे जो कि राजा सिनेमा हॉल पे निकल जाता है रोड गाइश मैं पहुँच गया हूँ चौराहे पे और राजा सिनेमा हॉल के पास पहुँच गया हूँ और यहाँ से लेफ्ट को टर्न हो गया चलेंगे सिविल लाइन सिविल लाइन के पास में है अम्बेडकर पार्क तो चल रहे हैं फिलहाल मेरे रूम से लगभग दो किलोमीटर दूर है यार अम्बेडकर पार्क बस ज़्यादा दूर नहीं है वैसे तो उसमें जाते हैं सभी लोग मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम में वॉकिंग करने तो फिलहाल मैं अब जा रहा हूँ इस टाइम शाम के टाइम में गाइस मैं पहुँच चुका हूँ जो रामपुर का बस स्टैंड है और जो रामपुर का तिर है जो कि रामपुर रेलवे स्टेशन के पास में है तो मैं यहाँ से सीधे राइट को टर्न हो जाता हूँ और देखिएगा इस बहुत ही यदि कि इस रोड पर भीड़ है यार जो कि यही रोड सीधा चले जाने पर ओवरब्रिज के पास जाएंगे तो वहाँ से थोड़े दूर पे रह जाता है अंबेडकर पार्क है। तो फिलहाल मेरा नेक्स्ट टारगेट है ओवरब्रिज पे जाना ओवरब्रिज के पास जाना और ये भाई थार आ गई बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थार थी ब्लैक वाली काइस मैं पहुँच चुका हूँ ओवरब्रिज के पास और यहाँ से सीधे ही चले जाना है इधर उधर नहीं टर्न होना है बट सीधे चले जाना है बहुत से पाँच मीटर दूर होगा और क्या कैश हम पहुँच गए हैं पार्क और ये यहाँ अम्बेडकर पार्क का गेट और गेट से हम लोग चलते हैं एंट्री करते हैं और ये हमने इंट्री भी कर ली और राइट को देखते हैं गाइस इधर तो फिलहाल तो अभी शाम के टाइम में बहुत कम लोग आए हैं ज़्यादा भीड़ नहीं है जैसे हम पार्क में इंट्री करते हैं तो हम लोग पहले राइट साइड चलते हैं राइट साइड में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ अच्छी क्वालिटी है और क्या क्या बेस्ट क्वालिटी से बेस्ट क्वालिटी से भी बेस्ट क्वालिटी है इस बज चुके हैं छः और हल्के हल्के शाम हो रहे हैं फ़िलहाल में तो अभी अभी मतलब पार्क में बहुत कम लोग आए हैं ना तो इसलिए सभी सारे टूल्स खाली वाली हो चुके हैं और भी जो भी लोग थे तो वो लोग चले गए हैं पार्क से तो यहाँ पे देखिए बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे सब मिल जाता है यहाँ पे झूला भी है और भी यहाँ पे है बच्चों के लिए मतलब खेलने के लिए यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हैं रखी हुई की हैं तो बस ये था इधर राइट साइड में बस कुछ ही इतना ही दिखाया गया और यहाँ पर छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के हैं पौधे और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं नाइट टाइम में अब जा रहे हैं का लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड में पहाड़ वाले हैं ना और काफ़ी अच्छी लगती है यार वहाँ से देखने पे बहुत एरे पार्क में पौधे वौधे लगा दिए हैं और थोड़े छोटे छोटे पेड़ भी लगा दिए हैं और यहाँ पे मिल जाता है अम्बेडकर जी की मूर्ति अभी तो फिलहाल में यहाँ पे लाइट नहीं जली हुई ना लेकिन तो बहुत अच्छी लगती है जब लाइट जल, जल, जल जाती है तो कुछ लुक किसी तरह है इस दूर से देखने पर और शाम के टाइम में अभी अभी लाइट नहीं आया है ना इसलिए ये देखिए बंदा आया है वॉकिंग करने शाम के टाइम में और यहाँ फिलहाल ये तो वॉकिंग करे और तो चलते हैं इनसे बात करते देखते कैसा फील करे भाई साहब ये, तो ये बताइए आपको इस टाइम पार्क में क्या फीलिंग आ रही है अरे बहुत अच्छा लग रहा है आप देख ये दिन देख सकते है नाम ना। के टाइम बहुत ज्यादा रोमांटिक होता है बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है और ये आए दिन में इस पार्क में आता रहता हूँ ठीक है ठीक है जब से मैं रामपुर में पॉलीटेक्निक में यहाँ बहुत अच्छा से मैं इस पार्क में कम से कम कई बार आ चुका हूँ बहुत अच्छा लगता है देखते है चलो चलो धन्यवाद धन्यवाद भाई थैंक थैंक यू अब हम जा रहे हैं पे जो कि उस साइड ना वहाँ पे ओ यहाँ देखिए सभी लोग मना रहे हैं हैप्पी बर्थडे ओ भाई देखिए हमारी तेजी तो। वैसे ये पार्क है का पहाड़ है जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं फोटोशूट करवाने के लिए और यहाँ से कुछ अंबेडकर पार्क का लोग कुछ नाइट टाइम में बहुत ही अच्छा दिखता है यार यहाँ से वो वेरी नाइट वेरी नाइस वेरी ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है यार गाइस ये वो जगह है जहाँ पे सभी लोग आते हैं यहाँ पे जो भी अंबेडकर पार्क में आएगा ना वो जरूर यहाँ पे आता है पहाड़ पे उसके वजह से यहाँ से एक दो फ़ोटो शूट करवाता है उसके वजह से तब जाता है तो फिलहाल ये तो हो गए अब चलता हूँ मैं अपने रूम पे सीढ़ियों के रास्ते से नीचे उतर गया वो गाइस बचा के उतरना पड़ता है ना अब गाइश चलते हैं अपने रूम पर तो अम्बेडकर पार्क से अम्बेडकर पार्क से आउट के तरफ इंट्री करते हैं और यूँ मैंने आउट की तरफ एंट्री कर ली और यूँ राइट को टर्न हो गए शाम के टाइम हो गया ना तो लाइट ये सब कुछ साथ में यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं इस ब्लॉग को करता हूँ एंड आई होप दोस्तों आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें नहीं मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में थैंक यू बाय बाय लव यू गाइस